साथियों आज हम एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो फेबिसी के कुल का है जिसको चक्रमर्द व पनवाड भी कहते हैं जिसका नाम केसिया तोरा है इंडिया में केसिया की 500 से पूरे वर्ल्ड में 500 से 80 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और इंडिया में केसिया की 140 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं इसमें आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स लीव्स होते हैं और लीव्स का जो टेस्ट होता है वो मेथी के जैसे होता है इसका प्रोपिकेशन इसके अंदर जो पॉड होती है पॉड के अंदर बीज होते हैं कई जगह इसका जो ये पॉड है इसके अंदर जो बीज होते हैं उसका पाउडर भी सब्सिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आज हम इसके पत्तों व इसके बीज का औषधि गुणों की चर्चा करेंगे सीड के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन आसानी से हो जाता है इसके जो पत्र होते हैं उसका 10 से 15 ml एल बनाकर यानी कि फ्रेश जूस बनाकर और हम अगर देते हैं तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है इसके साथ साथ इसके बीज का पेस्ट हम अप्लाई करते हैं विटी लिगो, लिगो एक समस्या होती है स्किन की जिसके अंदर स्किन के ऊपर वाइट पैचेस आ जाते हैं जिसको लिक्वरमा भी हम कहते हैं तो इसके बीज का पेस्ट बनाकर उसके ऊपर हम लगाते हैं वह 10 से 12 एम एल जूस सूरस बनाकर पत्तों का पिलाते हैं ध्यान ये रखना है इसके अंदर एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है नेफ्तोपायरॉन पाया जाता है तो एंथ्राक्यूनोनग्लाइकोसाइड के कारण इसकी विरेचक प्रॉपर्टी भी होती है और यह इंटस्टाइन को नरिश करता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने के बाद नोजिटिंग और वोमिटिंग जैसी स्थिति हो सकती है एंथ्राक्यूनोनग्लाइकोसाइड वैसे सेफ होता है और पेट को साफ करने में काम करता है ओ में भी ये फायदा करता है और भी हम देखेंगे कि इसके जो पत्र हैं कई बार जब छोटे बच्चों को दांत निकलते हैं तो उसको हल्का फीवर जैसा बन जाता है उस केस में भी इसका डिकॉक्शन बना के बच्चे को पाँच से सात एम दिया जा सकता है आसानी से बच्चे के दांत निकल जाते हैं और डायरिया जैसी स्थिति जो बनती है उसमें भी आराम हो जाता है यह इसके साथ साथ इसका जो सुरस है वह है आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी कार्य करता है आँखों की रोशनी बढ़ाता है सारी जो एक्टिविटीज़ हैं लीवर के माध्यम से ये करता है लीवर का जो रेमिडिएशन है उसके साथ साथ ये क्या करता है ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है ब्लड प्यूरिफिकेशन ओबीसीटी में कंट्रोल करने में हेल्प करता है इसके साथ साथ के बीजों का और पूरे पंचांग का डिकॉक्शन बनाकर अगर स्नान किया जाए तो शरीर के ऊपर होने वाले रिंग हैं दाद है या खुजली की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है इसके पत्र का सोरश लेना चाहिए और इसके बीज का पेस्ट बनाकर अप्लाई करना चाहिए लिकोडर्मा में आसानी से यह हर प्रकार की समस्या को दूर करता है इंडिया में कहीं कहीं वाइल्ड ये रोड किनारे पाया जाता है जो कि इसकी सेकंड अदर स्पीसीज है जिसको हम केशिया ऑक्सीडेंटलिस्ट के नाम से जानते हैं जबकि ये केशिया तोरा है इसको चक्रमर्द भी कहते हैं एक्सेस मात्रा में लेने से वोमिटिंग आ जाती है और ज़्यादा डायरिया जैसी स्थिति पैदा हो जाती है कंट्रोल अमाउंट में इसको लेना चाहिए इसके अंदर फ्लेमोनाइड आइसोफ्लेमोनाइड ग्लाइकोसाइड्स नैफोपायरोन और भी कई प्रकार के मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं मेथी जैसा इसके पत्तों का टेस्ट होता है इसीलिए लिए यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लें तभी इसका इस्तेमाल करें आज के लिए धन्यवाद